एक बहुत ही पुरानी मान्यता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे, तो मैं रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए भी है। बिल्ली या कोई भी जानवर अधिकतर अपने शिकार का पीछा करते हुए रोड क्रॉस करते हैं ऐसे में शिकार के भाग जाने पर या हाथ न आने पर वे दोबारा जिस तरफ से आए होते हैं उसी तरफ दोबारा लौट आते हैं और ये कभी कभी इतनी तेजी से होता है कि अगर हम गाड़ी से चल रहे हैं तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है या उस जानवर की भी गाड़ी से कुचलकर मौत हो सकती है बस इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई जानवर हमारे सामने रोड क्रॉस करे तो कुछ देर के लिए रुक जाइए और इंतजार करिए वैसे गाइस क्या आप इसके पहले तक बिल्ली के रास्ता काटने के इस रीजन को जानते थे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा